वो लोग कभी भी गुर्बत से नहीं निकल सकते जो दो ये काम करते हैं नंबर एक वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते मगर मेहनत करते हैं दूसरे वो लोग कोई कितना बुरा है कोई कितना बुरा है उसका पता तो तब चलता है जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क को काफी समझते है वो मोटिवेशनल बातें बतलाने वाला हूँ हजरत इमाम की जो आपने अपनी जिंदगी में लोगों को बतलाई तो आपने फरमाया वो लोग कभी भी गुरबत से नहीं निकल सकते जो दो ये काम करते हैं नंबर एक वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते मगर मेहनत करते हैं दूसरे वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं मगर मेहनत नहीं करते बात याद रखना आपने आगे फरमाया ऐसा रिस्क जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हल भी हो तो ऐसा रिस्क रिस्के करी कहलाता है बात याद रखना जिसने आपको चलने में मदद की तो उसको तोड़ने की कभी भी कोशिश मत करना क्योंकि वापस उतरने में उसकी सख्त जरूरत होगी आपने फरमाया इंसानियत वो चीज है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है और एहसास वो चीज है जिसमें गैरों का भी दुख आपको अपना लगता है बात याद रखना जब तुम्हारी जरूरत से ज्यादा रिस्क मिलने लगे तो ये समझ लो ये किसी और का हक है और तुम्हारे पास उसकी अमानत है बात याद रखना आपने आगे फरमाया हमेशा ऐसे लोगों से मशवरा लो जो अल्लाह से डरते हैं आपने आगे और फरमाया दुनिया में तनकीद करने वाले बहुत ही ज्यादा है लेकिन तुम हौसला अफजाई करने वाले बच जाओ आपने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत करें क्योंकि यही तुम्हारी इज्जत है और यही तुम्हारी जिज्जत की जिम्मेदार है तो बात याद रखना आपने फरमाया जो ऊंची जगह पर खड़ा होता है उसको ज्यादा आंधियों और तूफानों का सामना करना पड़ता है याद रखो जिंदगी में धोखे मिलते रहेंगे मगर उसको अपनी जान का रोग न बनाए हमेशा मुस्कुराए और आगे निकल जाए आपने आगे फरमाया अपने दिलों को पाक साफ रखो ताकि उसमें अल्लाह रह सके बात याद रखना आपने आगे फरमाया कोई कितना बुरा है कोई कितना बुरा है उसका पता तो तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, या ताकत या दौलत मिल जाती है बात याद रखना सीधे रास्ते पर चलो और लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी बात याद रखना आगे इमाम मोहनीबा ने फरमाया लोगों को इज्जत दो अगर इज्जत नहीं दे सकते तो बेइज्जत भी ना करो बात याद रखना अपना काम ईमानदारी से करो ताकि तुम्हारा रिस्क हलाल हो नेकियां कमाकर जन्नत में जाओ ताकि तुम्हें हमेशा आज़ादी की जिंदगी मिल जाए जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क को काफी समझते हैं वो जिंदगी में कभी किसी के मोहताज नहीं होते बात याद रखना याद रखना ऐसा इंसान कभी भी किसी का खैर ख्वाह नहीं हो सकता जो दोस्तों और रिश्तों को लिबास की तरह बदलता हो बात याद रखना होता आगे फरमाया अगर इंसान जहनम से इतना डरता है जितना अफलास से डरता है तो दोनों से बच जाता है अगर वो जन्नत की इतनी ख्वाहिश रखता है जितनी दौलत की तो दोनों को पा लेता है बात याद रखना अपने तनहा और अकेले होने पर कभी गमजदा ना हो अपने तनहा और अकेले होने पर कभी गमजदा ना हो क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है बात याद रखना अगर कोई इंसान तुम पर एहसान करे अगर कोई इंसान तुम पर एहसान करे तो पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो फिर इंसान का क्यूँकी अल्लाह पाक ने उसे तुम पर मेहरबान कर दिया बात याद रखना। आपने आगे फरमाया सारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज्यादा ही बंद रखो क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है तो वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती बात याद रखना। आपने आगे फरमाया कुछ लोग छोड़ जाते हैं कुछ जाने वाले हैं और कुछ कल को चले जाएंगे बस यही हमारी जिंदगी की हकीकत है बात याद रखा <Histse�2> एक बात हमारी याद रखना जब औलाद को दुनिया का इल्म दिया जाता है इससे और वो किसी हद तक कामयाब हो जाती है तो उसके माँ बाप उससे डर डर के बात करते हैं कि कहीं हमारा बेटा नाराज ना हो जाए लेकिन जब इसी औलाद को इम दीन दिया जाता है तो यही औलाद अपने डर डर के माँ बाप से बात करती है कि कहीं हमारे माँ बाप नाराज ना हो जाए तो मेरे भाई दीन का इल्म समझिए और दुनिया का इलम में फर्क समझिए बात याद रखना